हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं वाला हूँ आप अमेजोन फ्लिपकार्ड पे एक एचपी का वेब कैमरा है वो देख पा रहे होंगे एचपी का वेब कैमरा डब्ल्यू सो -so, कैमरा फ्लिपकार्ड या एमेजोन पे आप देख पा रहे हो आ, तो इस कैमरे को खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें कि ये कैमरा जो है वो आपके लाइक है या नहीं है यानी आप इसको यूज में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो इसकी जो क्वालिटी क्या है सारा का सारा वो मैं इस वीडियो के अंदर है वो स्टेप बाई स्टेप वो डिस्कस करने वाला हूँ इसकी क्वालिटी क्या है इसके अंदर है क्या क्या हमें फ्यूचर मिलने वाले हैं वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर वो बताने वाला हूँ तो बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दूँ की इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा दूंग इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है ये एक मैन्य डायरी मिलने वाली है जिससे आप सारा सब कुछ वो सीख सकते हो कि क्या कैसे कनेक्ट करना है क्या नहीं करना है तो सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर और माइक इस कैमरे के अंदर ही आपको इनबिल्ड मिलेगा तो ये कैमरा है आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको फोक्स वाला एक सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो वोलियम टाइप से कुछ दिखाई दे रहा होगा तो इससे क्या होता है आप जो इमेज है उस पर वो फोक्स कर सकते हो कैमरा वो पूरा ऊपर से रोटेट है जबकि 360 डिग्री पूरा रोटेट नहीं है ध्यान में रहिए ठीक है ये सिर्फ ऊपर नीचे इस तरीके से हो सकता है और इस तरीके से आप इसको पूरा घुमा सकते हो जैसे चाहो वैसे और फोकस कर सकते हो ठीक है उसके बाद आपको सिंपली अपने यूएस के अंदर प्लग इन करना ये माइक मिल जाता है इसके अंदर ही अब आपको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ की इसकी क्वालिटी कैसी है खरीदने से पहले आप देख ले की आपकी ये लाइक है या नहीं है तो चलिए दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ सबसे पहले लैपटॉप पे इस कैमरे को सेट कर देता हूँ तो मैंने लगते पे इस कैमरे को लगा दिया। लगाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है तो लगाने के बाद आपको करना क्या इसको यहां पे आपको USB port, camera, camera कर है? देखिए तो यूएसबी वाले कैमरा लगा दिया और ये जो ऑक्स केबल आप देख पा रहे हो ठीक है इस ऑक्स केबल को आप माइक के जरिए यूज में ले सकते हो इसके अंदर माइक भी आपको इन मिल जाएगा तो यहाँ पे कैमरा कनेक्ट हो गया तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी किस तरीके से आपको मिलने वाली है अब मैं आपको चेक करता हूँ कैमरे की क्वालिटी है वो किस तरीके की तो ये जो आप कैमरा देख पा रहे हो ये मेरे लैपटॉप का कैमरा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा तो ये जो मेरी इमेज आ रही है ये लैपटॉप के कैमरे से आ रही है अब मैं एचपी वाले कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने ये एचपी वाला कैमरा है वो सेलेक्ट कर लिया इसकी क्वालिटी आप दे पा रहे हो मैं इसको ऊपर डाउन कैसे भी कर सकता हूँ अब मैं इसके यहाँ पे ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा होगा देखो मैं आपको जुम करके दिखाता हूँ कैमरे के ऊपर एक बटन है तो मैं यहाँ पे आपको जुम्म करके दिखा देता हूँ ये कैमरे के ऊपर आपको बटन दिखाई दे रहा है इससे आप फोस कर सकते हो देख मैं इस पर जैसे कंट्रोल करता हूं तो मेरी इमेज है वो हो रही है दिख रही आपको लैपटॉप के अंदर ठीक है अब मैं जैसे इसको सही से घुमा के इस साइड से ले रहा हूँ तो मेरी इमेज है वो क्लियर हो रही है ठीक है तो ये क्वालिटी आपको इसके अंदर है वो मिल पा रही है जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो मैं इस क्वालिटी को ज्यादा बेटर भी नहीं बोलूँगा और ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा ठीक ठीक क्वालिटी है बट इतना क्लियर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि आपको इससे बेस्ट पिक्चर वो मिल जाएगी तो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है आप देख पा रहे हो एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन के अंदर दिखा दूँ कि आप जो क्वालिटी देख पा रहे हो इस तरीके की आपको इस कैमरे के अंदर क्वालिटी मिलने वाली है आप ई मित्र के लिए खरीद रहे हो या अपने ब्लॉक बनाने के लिए खरीद रहे हो किसी भी तरीके से खर, खरीद रहे हो तो पहले क्वालिटी देख लेना इस तरीके की क्वालिटी है अगर आपको इससे बेटर क्वालिटी चाहिए तो ये कैमरा वो बिल्कुल नहीं खरीदे और ये क्वालिटी आपके लिए इनफ है तो आप ये कैमरा वो जरूर खरीद सकते हो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ इस कैमरे के अंदर आपको कहीं भी इस कैमरे को ऑफ करने का कंट्रोल है वो नहीं मिलता यहाँ पे कैमरा के स्टार्ट है जैसे आप गूगल क्रम में या कोई भी ऐसा ब्राउज यूज करते हो जिसके अंदर आपके बैकग्राउंड में भी कैमरा वो चलता रहता है तो उस तरीके से ऑफ नहीं होने वाला है, ये ही चल, आ, चलता रहता है जिस तरीके से कंटिन्यू करने वाला है बैकग्राउंड में चलते हैं कैमरे तो यह भी बैकग्राउंड में वो ऑन रहता है तो कैमरे को तो खरीदने से पहले आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया है अब आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप इजीलिए वो कैमरा खरीद सकते हो आप इस बेटर क्वालिटी नहीं है एच के अंदर यह कैमरा नहीं है सात सौ के अंदर ही आपको वाला है तो देख लेना अगर आपको बढ़िया क्वालिटी लगे तो खरीद लेना बाकी आ, मैं नहीं तो नहीं है ना ज्यादा खराब है बीच वाली क्वालिटी के अंदर आपको मिलने वाली है तो कोई अदर वीडियो देख के अंदर भी दिखा दी है तो आज के लिए इतना हीस्ट वो तब तक ले टाटा बाय बाय धन्यवाद जय